हम किसी से खुशियाँ मांगे, ये हमें मंजूर नहीं मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है जितना अपनी तकदीर में लिखा है वो ज़रूर अदा होता है